आज रानागट की ओर चले विज़िट करने जाएंगे बताएंगे रिजर्व किसी है, ओके गेट है एंट्रेंस तो यहाँ से आप जाएंगे थोड़ा तो सा आगे उधर आपको मिल जाएगा छोटा छोटा हाथी है सैंकड़ किनारा आराम से, तो से बैठे संख्या मजे ले सकते ये पर्स है हम चलेंगे ये और ये और दूसरा So beauty is joy forever. So this is Rannigar Bridge. आप सभी को स्वागत करता हूँ पशिगत का रानिगत रीज़ट पर आप लोग आ सकते हैं देखिए आप लोग पिकनिक भी मनाया जा सकता है यहाँ पर आ देख सकते हैं आप लोग व्यू कोरियन बॉय तो एकदम एक्तम मयंग सर दे टू येए अब रहींगा बोल माया आती कोई दो आज हो गए हो बस ऑसम किले करो का पानी है